आज मैं आप लोगों को फिर से एक जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि सर्टिफिकेट से रिलेटेड है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था कि आप प्रोफाइल्स के द्वारा मार्कशीट सर्टिफिकेट किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं अब हम यहां पर ये भी जानेंगे जो आपकी प्रोफाइल से मार्कशीट सर्टिफिकेट जनरेट होती हैं ये किस ईयर के छात्रों की जनरेट हो रही हैं सन दो से लेकर टिल डेट तक के सभी कैंडिडेट्स की मारशीट सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स की प्रोफाइल में जनरेट हो गई हैं ये जो कि मैंने आपको लाइव दिखा दिया हुआ है अब आज हम उन कैंडिडेट्स की सर्टिफिकेट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जिन कैंडिडेट ने सेशन 2010 से 12 में आई पास किया हुआ है और जिन्होंने अभी तक एन टी सर्टिफिकेट मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है वह किस तरीके से एन सी पोर्टल से जनरेट करेंगे या डाउनलोड करेंगे सबसे पहले हमें एन सी के पोर्टल पर आना है जो कि आपको पता है नेक्स्ट इसके बाद में हमें ट्रेनिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबसे नीचे ऑप्शंस पे आना है एनटीसी सर्टिफिकेट पर क्लिक इसके बाद में आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा एन सर्टिफिकेट डाउनलोड सबसे पहले हमें ट्रेनीज़ का नाम डालना है मैं एक कैंडिडेट का नाम यहां पर आपको सर्च करके दिखा रहा हूं अगर इन्होंने 10 से 12 में आईटीआई किया होगा तो कन्फर्म इनकी सर्टिफिकेट डाउनलोड होगी इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ इसके बाद में हम सर्च करेंगे सर्च करते ही इस कैंडिडेट की यहाँ पे डिटेल शो तो कर रही है और ये कैंडिडेट यहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है अब मैं लाइव में आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ ये देखिए आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है अब मैं ओपन करके भी दिखा रहा हूँ ये देखिए इस कैंडिडेट का सर्टिफिकेट जो कि इन्होंने 10 से सेशन 2010 में एडमिशन लिया हुआ था अगस्त 2010 में और जुलाई 2012 में इनका सेशन क्लोज हुआ है मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है 10 से 12 के कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट इस प्रोसेस के द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें